स्मी अब तो मारे आगढ़ आओ आओ भिक्षु स्मी अब तो मारे आगढ़ अडी का कद का आपने ऊभा अडी का कद का आपने पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चानन पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मार चानन श्रद्धारा फूल बिछावा शाम श्रद्धारा फूल बिछावा शब्द शब्द और श्वास श्वास में भिक्षुरी झणकार उठे खाता पीता सोता उठता हो जा भिक्षु गया कठे दर्शन तो देना पड़सी आपने दर्शन तो देना पड़सी आपने आओ आओ भिक्षु श्यामी अब तुम्हारे आंगणिये आओ आओ भिक्षु श्यामी अब तुम्हारे आंगणी ये ऊभा अटी का कद का आपने ज्ञान नहीं मार घट में जठ आप रो नाम नहीं आख्या में उतरो तो स्वामी पाऊं में आराम सही मैं तो नहीं भूला था रे जाप में भी तो नहीं भूला था रे जाने आओ आओ भिक्षु स्मी अब तुम्हारे आंगड़ी आओ आओ भिक्षु स्मी अब तुम्हारे आंगड़िए भा अडी ताकद का, का आपने कष्टारी काली में एक शरणों एकर तो संभालिया सरसी बैठा कद का दे धरणों भव भव में शरणों थारो महा भव भव में शरणों थारो महा अब तुम्हारे आंगड़ी है आओ पाओ भिक्षु स्याणी अब तुम्हारे आंगड़ी है ऊभा अडी का, कद का आप में आप सरीखा संत पुरुष मिलड़ा मुश्किल शिकिल अपने श्रम से ही पाव वीर पुरुष अपनी मंजिल जग ने रात्यू रातियों जागने जग ने रात्यू रातियों न आओ भिशु श्यामी अब तो मारे आंगणी आओ आओ भिशु भिक्षु अब तो मारे आंगणी है ऊभा तो अडी का कद का गण उपवन री लहरावे है गण गुंबज पर आज देख लो धर्म ध्वजा पहराव है तुलसी सा मालिक मिल गया संग तुलसी सा मालिक मिल गया संग स्यामी अब तुम्हारे आंगी का, का आपने ऊभा अडी का, का आपने पक्ष ऊजलो टिखी है तेरस घट में मारे जानियों श्रद्धारा फूल बिछावा सामने, फूल बिछावा सामने, आओ आओ भिशुणी अब तुम्हारा